सुपर ह्यूमन बनने के लिए ये आदमी हर दिन खुद को जहरीले सांपों से कटवाता था लेकिन बाद में उसके साथ जो हुआ उसे सुनकर आप शॉक हो जाएंगे स्टीव सत्रह की उम्र से ही सांपों के जहर का इस्तेमाल करके सुपर ह्यूमन बनना चाहते थे इसलिए उन्होंने बहुत से जहरीले सांपों को खरीदकर उन सांपों से अपने शरीर में कटवाना शुरू कर दिया पहले तो सब कुछ ठीक था और वो खुद को सुपर ह्यूमन होने जैसा महसूस भी करते थे इसलिए वो लगातार चार साल तक सांपों ऐसी कटवाते रहे जब तक की वो एक दिन बीमार नहीं हो गए उनको जल्दी ऐसी हॉस्पिटल ले जाया गया बाद में वहाँ के डॉक्टरों ने बताया कि उनके बचने का बस एक परसेंट ही चांस है जैसे तैसे तीन हफ्ते बीत गए लेकिन फिर भी उनमें कुछ बदलाव नहीं आया फिर अगले दिन उनका एक दोस्त बिना किसी को बताए उनको एक कोबरा का जहर दे दिया जिसके कुछ घंटों बाद ही वो होश में आ गए होश में आते ही उनको पता चला कि उनको अब कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा है जैसे की वो कोई सुपर ह्यूमन बन गए हो